दोस्तों आज हम एक ऐसे एफिलिएट प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं जिस एफिलिएट प्लेटफॉर्म से आप लाखों रुपये कर सकते हैं और एक बात और क्लियर कर दू अगर आप पूरे वर्ल्ड के टॉप थ्री एफिलिएट प्लेटफॉर्म की बात करूंगे तो जो आज मैं वेबसाइट बताने वाला हूँ उस वेबसाइट की रैंकिंग टॉप थ्री में है और अगर आप चाहते हैं कि पूरा स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊं कि इस वेबसाइट पर कैसे आपको एज अ एफिलियट ज्वाइन होना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको ज्वाइन होना है और एक चीज और बहुत सारे लोगों को इस एफिलेट प्लेटफॉर्म पर अप्रूवल नहीं मिलता तो जो स्टेप्स को मैं बताऊं उन स्टेप्स को फॉलो करो आपको डेफिनेटली अप्रूवल मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं जिस भी स्टूडेंट ने डिजिटल स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया अभी सब्सक्राइब कर लिया बेलाइकन को प्रेस कर ले क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं बहुत पावरफुल होती है और अगर आपको हमसे डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक एड्स गूगल एड्स एफिलेट मार्केटिंग लाइक वीडियो मार्केटिंग इस टाइप से डिजिटल मार्केटिंग जो पार्ट्स हैं आपको हमसे सीखने हैं नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हम आपको पूरी लाइक डिटेल वहां पर प्रोवाइड करेंगे तो आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करने वाले उस प्लेटफॉर्म का नियम है शेयर आ सेल आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले बहुत बार सुना होगा अगर आप एफिलेट मार्केटिंग फील्ड में है नहीं है तो आज सुन लीजिए शेयर ऑफ सेल एक ऐसा एफिलेट प्लेटफॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड में टॉप थ्री के अंदर रैंक कर और इस पर ट्रैफिक भी बहुत अच्छा है लाइक like इस पर आप एज मर्चेंट ज्वाइन कर सकते हैं एज like ज्वाइन कर सकते हैं आपको, अगर आपको का है और आप खुद के प्रोडक्ट को उसके थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आप दूसरे के प्रोडक्ट को एज एन एफिलियेट बनकर सेल करना चाहते हैं तब भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं अभी होता क्या है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलता है तो कैसे अप्रूवल मिलेगा मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा तो आप उस करेंट प्लेटफॉर्म पर बताएंगे और आगे आने वाली में, मैं पूरा का। अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं टाइप करना यस मैं पूरा सेरा सेल का टूटोरियल बनाऊंगा स्टार्ट टू एंड कैसे स्टार्ट करना है और कैसे सेल करना है प्रोडक्ट को तो और कैसे अर्निंग होगी सब कुछ इस चैनल पे आने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गूगल गूगल पे पे जाता तो जिससे बना सकू और पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको बता सकू से आपको आप पहले ही आगे मार्केटिंग की कंपनी है तो हम चलते हैं इस पर तो जैसे ही आप गूगल पे आते हैं आपके सामने आ जाता है सेरा सेल डॉट कॉम ये एक वेबसाइट है और उसके नीचे ये वाली भी आ जाती है और ये लाइक इसका लोगो है आप देख सकते हैं तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है जैसे ही आप शेरा सेल पर आ जाएंगे आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं इंटरफेस बहुत सिंपल है इजिली लाइक फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और समझने में भी कोई यहाँ पे दिक्कत आपको होगी नहीं अब आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करें मर्चेंट आप देख सकते मर्चेंट मतलब बे लोग होते हैं जो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करते हैं और प्रमोट भी उसको करते हैं पब्लिशर हम लोग आ हैं जिसमें एज एफिलियट हम वर्क करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं वन लाइक मिलियन सेल जनरेट हो चुकी है ट्वेंटी में और आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं इनकी लाइक पार्टनरशिप पढ़ सकते हैं किन किन से इनकी पार्टनरशिप है उसके साथ लोगों की अर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखें ये डॉलर्स में अर्निंग लोग यहाँ पे करते हैं और बहुत सारी चीजें आप पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ सकते हैं अब बात करेंगे कैसे साइन अप करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेयर सेल पर अप्रूवल नहीं मिलता है मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं जिन स्टेप्स को देखो डेफिनेटली अप्रूवल मिलेगा तो साइनअप क्लिक करना है और आपको सबसे पहले देखो मैं बता रहा हूँ एज एन एफिलियेट आपको और अगर आप चाहते हैं मर्चेंट साइन अप करना तो मर्चेंट साइन अप कर सकते हैं एजेंसी साइन अप करना चाहते हैं एजेंसी साइन अपट मैं यहाँ पे एफिलियेट मार्केटिंग का ये टूटोरियल ला रहा हूँ शेयर सेल का तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लाइक की बात कर रहा हूं तो अभी आपको पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे क्लिक करते हो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन पे पहुंच जाते हो और यहां पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होती है अब पूरे स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक आपको यूजर नेम देना होगा यूजर नेम थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए तो मैं यहाँ पे यूनिक यूजर नेम दे देता हूँ और मैं यहाँ पे अगर आपको यूजर नेम अवेलेबल नहीं होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं मैं अभी ये एक यूजर दे देता हूँ एक, एक बार आप दें, कन्फर्म पासवर्ड दें अभी सेकेंड स्टेप थोड़ा सा इंपोर्टेंट होने वाला है सिर्फ फर्स्ट स्टेप को पहले कम्प्लीट कर लेकेंड स्टेप भी देखने वाले हैं इसका सो एक बार मैं यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड भी डाल देता हूँ मैंने पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड भी डाल डाले हमने कन्फर्म पासवर्ड डाल दिया कंट्री चूज करना है तो पे आप इंडिया आपको आसानी से मिल जाएगा इंडिया चूज कर लो और स्टेप टू पर चले ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया चलते हैं पर सो इसमें स्टेप टू पर आ गया हूँ स्टेप टू पर सबसे पहले आप यहाँ पे अपना यूजर नेम और आईडी अपनी कन्फर्म कर ले तो ये देख सकते हैं मेरा यूजर नेम आ गया है ये और मेरी आईडी भी आ गई है तो ये आप पर कंफर्म कर लिया ठीक है थीके? आपकी यूजर नेम आईडी आ गई है या नहीं ठीक है फिर आप यहाँ पर गूगल यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल आर तो मेरी वेबसाइट सभी लोगों को पता है जो मेरी लाइक एक वेबसाइट है .co, तो मैं इस वेबसाइट को कॉपी करता हूँ जस्ट अ सेकेंड मैंने अपनी वेबसाइट की कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि वेबसाइट की लैंग्वेज वगैरह कौन सी है मैंने इंग्लिश कर दिया है आपकी वेबसाइट की जिस टाइप की भी लैंग्वेज हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं ठीक है और ये सब करने के बाद सबसे पहले इंग्लिश करने के बाद वेबसाइट का कंटेंट तो so, मैंने यहाँ पे वेबसाइट की लिंक दे दी आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ये देखो आपने मैंने लिंक दे दी है और फिर यहाँ पे लैंग्वेज दे दी वेबसाइट की लैंग्वेज जिस टाइप की भी लैंग्वेज आपकी वेबसाइट की उस टाइप की दे दो और फिर यहाँ पे आप कर सकते हो कि आपका एडल्ट कंटेंट नहीं मैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट है नो कर दिया है अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो मैं बताता डू यू आप कर सकते हो नो आप एक बार इनको पढ़ लेना मैं तो यहाँ पे मैंने नो किया हुआ था तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नो आप एक बार पूरा डिटेल में इसको पढ़ लेना ठीक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप कोई भी उसमें से स्टेप करते हैं तो यस करना अदरवाइज आप नो कर सकते हैं और जैसे ही ये सब कर लेते हैं आप स्टेप थ्री पर आ जाएंगे तो चलते सीधे स्टेप थ्री पर देखो मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत सारे लोग का अप्रूवल नहीं मिलता है तो जो स्टेप्स होता है वो उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं ठीक है यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना एड्रेस देना है तो मैं अपने ईमेल एड्रेस दे देता हूँ डिजिटल मार्क लाइक मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया ठीक है एक ई एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया है आप देख सकते हैं देखो तो ये कुछ स्टेप्स चल रही है सबसे तो पहले यूजर ने माया था फिर आई फिर मैंने वेबसाइट की लिंक डाल ली आप एडिट करना चाहे कर सकते हैं ई अभी दे दिया है अभी स्टेप फोर पर माते हैं स्टेप फोर बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि स्टेप फोर में आपकी पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर आने वाली है और लाइक यहाँ पर एड्रेस आपको सही देना है बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस देना है पे आपको ठीक है स्टेप फोर हम फुलफिल कर देते हैं जस्ट अ सेकेंड तो मैं यहाँ पे स्टेप फोर फुलफिल कर देता हूँ और ये मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल लेता हूँ जस्ट अ सेकेंड तो यहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर दी है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर लाइक यस वेरीफाई करके क्लिक करना है आप यहाँ पे माय साइट ऑपरेट टू प्रोग्राम उस पर आप अनश्योर कर सकते हैं और इस पर आपको यस वेरीफाई करना है। और स्टेप फाइव पर आपको चलना है तो चलते हैं सिर्फ स्टेप फाइव पर तो जैसे ही आप ये स्टेप पूरा कंप्लीट कर लोगे कॉन्टेक्ट वाला स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है तो इसको पूरा कंप्लीट कर लो और फिर उसके बाद स्टेप फाइव पर आ जाए स्टेप फाइव पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे चेक बाय पोस्टल सर्विस पेमेंट के लिए आपका ठीक है और यहाँ पे फेडरल एक्सप्रेस भी एक ऑप्शन है तो आप इसको कर सकते हो चूज लेटर बाद में आप चूज कर लेना पे यहाँ पे क्लिक करो कंप्लीट साइनअप पर ठीक है जैसे ही आप कंप्लीट साइन है अब आपको एक बार टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है बहुत इंपोर्टेंट है तो क्योंकि आप एज एफिलिएट काम करने वाले हैं आपकी अर्निंग होगी तो हमेशा ही काम करेंगे तो आप एक बार इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें और फिर इनको एग्री कर दे ठीक है एग्री करने के बाद आपको कंप्लीट साइन अप पर क्लिक करना तो जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं आपके पास विद इन थ्री डेज अप्रूवल आ जाएगा और लाइक अप्रूवल नहीं आता है तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं बट जो प्रोसेस मैंने बताई मेरा ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर अप्रूवल आ गया तो आप एक से दो दिन वेट करें और इस ई मेल आईडी पर जरूर जी मेल चेक करते हैं कि कोई ई तो आया या नहीं आया तो लाइक ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर आपका ई मेल आएगा फिर आप शेयर सेल का एक एफिलियट नेटवर्क का एक पार्ट बन जाएगी फिर आप यहाँ से प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते अब आपके मन में डाउट जरूर आएगा कि सर मैं प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करूं तो इसके लिए हमने बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियोस डाले हुई है एक बार उनको जरूर देखें जिससे आपको पता चले कैसे गूगल एड्स के थ्रू कैसे फेसबुक एड्स के थ्रू कैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम शेयर सेल के प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करते हैं और एक चीज और शेयर सेल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप लाइक हर एक टाइप का प्रोडक्ट मतलब कहने का है कि हर एक टाइप का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है तो आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप कर सकते हैं पहले एक बार अप्रोव लाइन देन आप आगे देखना कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रमोट कर रहा है सो so, ये थी आज की पूरी वीडियो आगे आने वीडियो में पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे चूज करेंगे सेल, सेल में और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे आपके सामने सेल भी करेंगे फेसबुक एड्स के थ्रू गूगल एड्स के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ हमें डिस्क करने वाले so, लाइक आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले बेलाइकन को प्रेस करें थैंक यूज थैंक यू वॉन्ग दिस वीडियो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यूज